हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क हार्ट गेमिंग तो आज मैं एक नया गेम दिखाऊंगा जिसमें हम लूडो खेल के पैसे कमा सकते हैं तो इस गेम का नाम है लूडो सुप्रीम गोल्ड तो आइए हम खेलते हैं ऑनलाइन तो यहां पर हम खेलेंगे दो प्लेयर्स का जिसमें दो प्लेयर विनर होते हैं तो उससे पहले हमें तो जब हम ये लॉग लौग लॉगिन करते हैं तो उसमें दस रुपये मिलता है लेकिन बहुत दस रुपये पता नहीं किस काम का होता है या नहीं होता तो पता नहीं आई डों नो तो मैं इसमें नौ रुपये ऐड कर लेता हूँ पहले हम इजीली ऐड कर सकते हैं इसमें तो मैं फ़ोनपे से ऐड करूँगा तो आइए मैं ऐड करके गेम खेल के दिखाता हूँ आपको तो यहाँ मैंने ऐड कर लिया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो चुका है उन्नीस आपको लेफ़्ट ऊपर के साइड में दिख रहा है आपको वॉलेट का एक सिग्नेचर जो है यहाँ पे उन्नीस रुपये दिख रहा होगा तो मैंने नौ रुपये ऐड करा था दस रुपये इसमें से पहले से ही था तो मैं दस रुपये का गेम खेलूँगा यहाँ पे ये यह जो दिख रहा है ना ऊपर दस रुपये का मैं एंट्री फीस ये दस रुपये अगर एंट्री फ़ीस दोगे तो अगर जीत जाते हो तो थर्टी इसका है प्राइस बोल तो सिंपल गेम है इसमें लूडो का गेम है और कुछ करना नहीं है इसमें तो मैं ये आपको लाइव खेल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें जीतते हैं यानी जीतते है, अगर जीतते हैं तो कितना पैसा मिलता है तो आइए स्टार्ट हो रहा है क्या आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है तो फ्रेंड्स आपने लूडो तो खेला ही होगा तो वो तो जो गेम होता है मोबाइल में लूडो वो सिंपल होता है बिना पैसे वाला तो लेकिन इसमें अगर आप जीतते हो तो इसमें पैसे मिलते हैं एंट्री फीस दस होती है तो ये स्टार्ट हो चुका है सबसे 10 10 रुपए लिए हैं यानी 40 रुपीज़ हो चुका है तो उसका कौन वो गेम वाले कुछ कमीशन वमीशन लेते होंगे तो प्राइस पुल है 34 फोर यानी छः का कमीशन लिया है उन्होंने सर तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा अर्जुन ये मेरा नाम है और बाकी तीन प्लेयर आ रहे हैं ये सौरभ हम पंकज ये जो भी हैं आई डोंट नो तो ये गेम सिंपल ऐसा है कि यहाँ टाइमन चल रहा है बीस दस मिनट का ऊपर ये जो दिख रहा है आपको और ये है प्राइस पुल थर्टी फोर तो गेम कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको दस मिनट तक टिकना पड़ता है और सब जिसके भी सबसे ज़्यादा हाइस्ट स्कोर हुए हैं वो बंदा फर्स्ट आता है उसके नीचे जो सेकेंड हाइस्ट होता है वो सेकेंड आता है तो टू विनर्स वाला लगाया मैंने तो इसमें मतलब दो बंदे जीतेंगे और दो बंदे हारेंगे तो जो 34 है थर्टी फोर है डिवाइड हो जाएगा दोनों में जो बंदे जीतेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्कोर आ रहा है स्कोर ट्वेंटी फोर स्कोर थर्टीन स्कोर फिफ्टीन स्कोर थर्टीन तो यहीं पे आता है यहाँ पर कोई फर्स्ट आता है कोई सेकेंड आता है तो एक लाइव गेम इसलिए खेल के दिखा रहा हूँ तो आपको प्रूफ मिले कि हाँ इसमें पैसे मिलते हैं और इस गेम का रूल ऐसा है कि आपका डाइस जितना आगे बढ़ेगा तो आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा लेकिन एक और रूल है कि अगर कोई बंदा आपको मार देता है इसमें तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा कुछ पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे उसमें से तो मैं इसे थोड़ा स्किप करना चाहूँगा थोड़ी देर बाद ताकि ये वीडियो ज़्यादा लम्बा ना हो अभी आप देख रहे हैं कि एक का स्कोर फोर्टी फ़ाइव है एक का स्कोर ट्वेंटी है और एक का थर्टी फाइव है और मेरा है स्कोर एटीन अब बाईस हो चुका है तो इसमें मैं आपको फर्स्ट या सेकंड तक आके दिखाई दूंगा तो गेम तो सिंपल है दोस्तों अब अगर आप लूडो खेलना जानते हैं तो ये भी आप खेल ही सकते हैं बस डिफरेंट तो so, वो ये है कि वो जो पैसा लूडो होता है गेम वाला उसमें कुछ जीतते वीतते नहीं है लेकिन ये गेम ऐसा है लूडो वाला कि इसमें आ, पैसे मिलते हैं खेलने के मतलब जीतने के पैसे मिलते हैं तो मैंने ये थोड़ा स्किप कर दिया है दस मिनट का था ये तो मैंने जब दो मिनट रह गए थे जब जाके रिज्यूम कराया तो अब आप गेम प्ले देख सकते हैं कि अब स्कोर चल रहा है ग्यारह और एक का स्कोर है फोर्टी सिक्स एक का है फोर्टी फोर और मेरा है फिफ्टी सिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लेकिन दो ही विनर होंगे इसमें तो देखते हैं कि मैं बहुत पहले खेलता था लूडो अब मैंने बीच में खेलना बंद कर दिया तो मुझे एक नया ऐप मिला है कि जिसमें लूडो खेलने से पैसे कमा सकते हैं तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार ये शायद आपको भी अच्छा लगे तो अगर आपको अच्छा लगे एक तो ट्राई कर लेना एक बार मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप चेकआउट करके कर सकते हैं उसे तो आपने जैसा देखा कि अभी मेरा एक ब्लू वाला वो जो जो भी है लकड़ी मतलब मेरा प्लेयर जो है ब्लू वाला एक डाइस ग्रीन वाले ने या ब्लू वाले ने मार दिया था तो मेरा जो अभी स्कोर थोड़ा फिफ्टी सिक्स यासी कुछ था तो वो डाउन होके के हो गया तो वही रूल है सिंपल रूल है अगर कोई मारता है तो स्कोर डाउन हो जाता है अगर आप किसी को मारते हो तो आपका स्कोर बढ़ जाता है और डाइस आगे बढ़ता रहता है तो तब भी स्कोर बढ़ता है तो मेन मोटिव यह है इसका कि आप बच के रहो और थोड़ा दिमाग से खेलो तब तो आप जीत सकते हो तो आप फर्स्ट या सेकंड आ सकते हो फिर आपका प्राइस फूल मिलता है इसमें तो आप कुछ ही सेकेंड बचे हैं यानी एक मिनट बचा है शायद हाँ एक मिनट बचा है फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर ये जो चल रहा है ये टाइमर चल रहा है स्टामर के बाद डिक्लियर हो जाएगा कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है तो यहाँ आपको साफ़ ही दिख रहा होगा साफ साफ कि एक का स्कोर है सिक्सटी सेवन और मेरा है फोर्टी थ्री तो ये फ़र्स्ट आएगा और मैं सेकंड आऊँगा तो देखते हैं कि किसको कितना पैसा मिलता है बाकी वो दोनों तो हार ही जाएंगे तो जितना दिमाग से खेलोगे सेफ खेलोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए इसमें ये इस, ये मत सोचना कि मुझे इस बंदे ने मारा तो मैं उसे मारूंगा ऐसा मत सोचना सेफ़ खेलना यानी गोटियाँ आपकी कहीं पे भी मरनी नहीं चाहिए रिस्क ले सकते हो जब रिस्क लेने का टाइम हो लेकिन हर वक्त रिस्क लेना सही नहीं रहेगा तो जितना सेफ खेलोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा तो देखिए टाइमर ज़ीरो पर आ चुका है आप देखते हैं फाइनल मूव फॉर अम्परिली अच्छा इसका फाइनल मूव है उसके बाद डिक्लेयर होगा अब डिक्लेयर होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंकज जो बंदा है वो फर्स्ट आया उसे प्राइज़ मिला है बीस रुपये स्कोर उसका था सेवेंटी वन मैंने जीता है चौदह रुपये जो लिखा हुआ आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे और मुझे मिला है फोर्टीन रुपीज़ प्राइज़ जो मेरा स्कोर था फिफ्टी बाक़ी ये दोनों तो जीत ही चुके हैं तो इन्हें ज़ीरो ज़ीरो मिला तो मैं आपको लॉबी में आके दिखाता हूँ कि हमेरे पास कितना है हमारे पास कितना है सॉरी <laughs> हमारे पास कितना है तो हमारे पास उन्नीस था यहाँ पे हो चुका है ट्वेंटी थ्री और नीचे जो है ये विनिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे चौदह रुपये ऐड हो चुका है जो हमने अभी जीता है तो इस चौदह रुपये को आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको तीस रुपये होने चाहिए आपको विड्रॉ करने के लिए तो आज के वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट गेट टू ज्वाइन आर टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम भी बना बनाया है तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़ थैंक यू